फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूटूब चैनल ये देखिए मैं आज आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ मैं बना रही हूँ आटे की टिकिया या आप आटे की बिस्किट भी बोल सकते हैं तो आइए मैं आपको इसमें डलने वाला सामान बताती हूँ ये मैंने एक कटोरी आटा लिया है एक उससे थोड़ी छोटी कटोरी चीनी है आप चीनी अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा या कम कर सकती हैं ये मैंने थोड़ी सी सूजी ली है आप एक मुट्ठी के बराबर समझ सकते हैं

और ये कुछ दलीली है ये देखिए ये भी आप एक मुट्ठी के बराबर आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इलायची पाउडर और अगर आप इसमें चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं आप अपने टेस्ट के अनुसार आप जो खाते हैं पर मेरे बच्चे ड्राई फ्रूट खाते नहीं इसलिए मैं इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ

ये देखिए मैंने सूजी और जो आटा है उसे मिला लिया है हमारी जो तिली है उसे हम हम बाद में पहले इसमें ऑयल फिर घी आप जिस चीज का मुंह या लगा, तो लगा लें ये देखिए मैंने आधी कटोरी ऑयल लिया है पहले मैं हम इसमें लगा कर देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऑयल ऑयल लेंगे वरना नहीं लेंगे इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे

ये देखिए हमारा जो मोया है वो अच्छी तरह से लग चुका है ये देखिए हम इस तरह से करके कर देखेंगे ये देखिए ये जो है अच्छी तरह से लग चुका है इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना जो हमारी टिकियाँ हैं जो आटे के बिस्किट हैं वो खिल जाएंगे और पूरी कढ़ाई का तेल ख़राब कर देंगे ये देखिए अब इसमें हम जो हमारी तिली है उसे डालेंगे

और जो अब ये हमारी हमने एक कटोरी चीनी ली थी उसे डाल देंगे और इसे अच्छे तरह से मिला लेंगे

ये जो आटे के बिस्किट हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बच्चों के लिए जो है कि बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होते हैं और खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं तो प्लीज़ आप एक बार अपने घर पर ये रेसिपी जरूर ट्राई करो और अपने बच्चों को बनाकर जरूर खिलाएँ अब इसे हम थोडे थोड़ी, -थोड़ी पानी करके गूँदेंगे और अच्छी से गूँध के से दस पंद्रह मिनट के लिए रख देंगे फिर बाद में हम इसकी बिस्किट बनाना शुरू करेंगे

ये ये देखिए देखिए फ्रेंड मैंने बेल लिया है अब हम किसी भी भी गोल चीज़ या या आप जिस जिस का का का देना चाहें तरह तरह तरह से काट काट छोटे या बड़े आपको पसंद हो उस तरह का काट लें इन्हें ज़्यादा पतला ना बोल ना ही ज्यादा पतला बेलें और ना ही ज्यादा मोटा मीडियम साइज रखे

और इन्हें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ये देखिए हम इस तरह से निकाल लेंगे अब तो हम सारे इसी तरह से बेल लेंगे और निकाल लेंगे

ये देखिए फ्रेंड हमारा जो ऑयल है वो अच्छे तरह से गर्म हो चुका है तब तो हम अपने जो आटे के बिस्किट हैं इसमें फ्राई करेंगे ये बच्चों को बहुत पसंद आती है हम हाँ, अगर बच्चों से कहेंगे कि ये कुकीज हैं तो वो बहुत ही चटकारे लेकर खाएंगे प्लीज फ्रेंड माई चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेलाइकन दबा कर

बताएं कमेंट में में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम तेज नहीं निकालेंगे मध्य आँच में निकालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पकना और जलेना और बीच में कच्ची ना रहे किस तरह से फूल देंगे

तो ये देखिए हमारी जो टिक्कि आटे की ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी थी तो हमने इन्हें पलट दिया है ही

इन्हें हम दोनों दुर दुर तरफ दोनों तरफ अच्छी तरह से पका लेंगे और फिर निकाल के गर्मा गर्म या ठंडी जैसे ही आप सर्व करना चाहें वैसे सर्व कर सकते

देखे। ये देखिए तलने के बाद कितना प्यारा कलर आया है देखिए आप देखिए फ्रेंड हमारे आटे की बिस्किट बनके तैयार है आप देखिए कितना प्यारा कलर आया है

आप एक बार ट्राई करें। बारे को लाइक करें शेयर करें, कमेंट करना बाय दोस्तों।